तो हेलो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस न्यू फर्स्ट ब्लॉग में ब्लॉग तो हमने कई बनाए मगर फर्स्ट ब्लॉग नहीं बनाया तो ज्यादा फर्स्ट ब्लॉग का वायरल चल रहा था तो सोचा कि आज फर्स्ट ब्लॉक तो जैसे आप लोग देख आप लोग देख सकते हैं टाइटल और थंबनेल देखकर ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो ज्यादा ट्रेंड चल रहा था फर्स्ट ब्लॉग का फर्स्ट ब्लॉग का तो दो मिनट की फर्स्ट ब्लॉग वीडियो बनाएंगे तो इस दो मिनट में आपको बताएंगे मेरा नाम क्या है मैं कहाँ रहता हूँ और मेरी अपनी एजुकेशन के बारे में तो वैसे मेरा नाम अभिषेक सिंह है और प्यार से लोग भोला कहते हैं बी एच ओ एल ए भोला अच्छा भोला <laughs> <laughs> कहते हैं और बात की जाए मैं कहाँ रहता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के छोटे से गांव में रहता हूँ और बात की जाए अगर मेरी एजुकेशन की तो मैं ट्वेल्थ पास होकर अभी बीएससी एस का पेपर दे रहा हूँ बी एस में रीडिंग कर रहा हूँ लोग की आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आए आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी डाली गई वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके धन्यवाद